ओ दूर उस दिल दोस जानिए टुट तेरे संग संग रहा सारी कट टी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना